मेरी पूजा मत करना ना ही मुझसे कुछ उम्मीदें लगाकर रखना मैं तुम्हें मार्ग बता सकता हूँ चलना सिर्फ तुमको ही है गौतम बुद्ध